First blood. First blood. First blood. First blood. Hey! Abhi baje aega na blue. Hey guys, aaj ase borsa ka din. Aaj hai, bhai borsa ka din. Ham log aaj koren wale hai gameplay one verse one. Lekin kuch korenge mazedaar. Kyu karenge mazedaar? Kyuki hamara issa hai. Hamara isme. बहुत तो ही से कर लेते हैं कम, और हम करेंगे शॉट ओनली खिले तुमक फाटी दी तुम एक वीडियो को लास्ट तक करें और देखते रहें हमारा गेम प्ले भाई कैसा होता है हम तो है नोबड़े और डेगर डेगर से हमको आता नहीं हैं होता है दुश्मन और इधर हम हम भी तो नुबड़े तो भाई जब सीधे चलते हैं गेम को फोकस करते हुए हम लोग डेजेटेगल को मारते हैं ओबल किधर गया? भाई भाई भाई भाई ओ बॉडी बॉडी नहीं तो है हमको ही है है के बिना भाई तो लगेंगे लगेंगे एक दो लगेंगे, आप लोग खगेंगे नहीं मतलब समझ में देखना पड़ रहा है एक दो अच्छा है अंधा ठीक है ना तो ओ भाई साहब नाइन्टी का बॉडी शर्ट गिरा बहुत नांद तो के के नहीं करेगा नहीं तो करेंगे जो करना है आपको कीजिए आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ अपने उंगली का इस्तेमाल सही तरीके से करना है करना क्या है लाइक के बटन को प्रेस कीजिए रेड वाला सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक लीजिए साथ में एक घंटे का आइकन निकल के आएगा उसको घंटे को क्लिक करके उसमें फूल उगाइए ये।, ये आप बटरफ्लाई है वो आपका इच्छा लेकिन हो जाना चाहिए भाई नहीं तो बहुत बुरा लगता बस दिल से बुरा लगता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर बस सच में भाई तुझे तो मैं मारूँगा किधर है तू अपना आजा आजा आजा भाई भाई भाई भाई भाई भाई गाना गा रहा क्या okay, मैं है है तो निकल निकल निकल निकल किधर किधर किधर किधर चला गया ओनली देखना आप लोग भाई भाई भाई ओ ओ मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे को को को को को मारा गिरा गिरा एक बॉडी में है लगा देंगे लग गया मुझे ओ तेरी ओ भाई साहब इतनी दुख हो रही है भाई क्या होगा भाई मुझे को गरीना मुझे शक्ति दो गेरी मुझे शक्ति दो मैं मारूंगा। ओ, ओ, पता है ने मुझे क्या कहा? मैं मार सकता हूं। पहले इमोट करके मारे उसके बाद आपका हैड लगेंगे बोल रहा है गेरीना सुनो ध्यान से तो मैंने सुन लिया गरीना आपकी बात आप टेंशन ना लें, हम इमोट करके ही मारेंगे गरीना ने पावर दे दिया ये माँ आ, भाई शक्ति मिल गया मुझे मुझे शक्ति मिल गया अभी तो हम मारेंगे भाई मारेंगे मारेंगे नुबड़े की तरह ओ भाई ये क्या था नहीं बॉडी नहीं मारना हमको चलिए खाते है उसके बाद मारते है ओके? तो ने कहा ये, तो ओ, मारते है ये मोट दिखाओ हेड मारो तभी लगेंगे किधर मारते आ गया इधर निकल लेते हैं थोड़ा बस बस ओह oh आप लोगों ने देखा ये क्या था भाई ये क्या है ओह भाई शह गा थैंक यू गेदना मुझे शक्ति देने के लिए थैंक यू मुझे पावर मिल गया आल्टी पावर अभी हम हैड मारते रहेंगे लास्ट तक मारेंगे भाई आप लोग भी लास्ट तक देखिए वीडियो इस तरह से हम हैड मारते हैं आप लोग टिप्स एक हिसाब से डिफरेंट ट्रीक समझ के देख लीजिए भाई क्योंकि मैं ड्रेक किधर करता हूँ कैसे करता हूँ देख के मतलब समझ आइए नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिए मैं इस इसका वीडियो लेके आपको ड्रेक हेडशॉट के बारे में पूरा डिटेल्स समझाने वाला हूँ और दिखा दूंगा तो आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं तो नहीं दिखाने वाला हूँ मैं तो ऐसे ही रख दूँगा भाई तो ओ भाई हक दिया रुक जायाडसेट मारेंगे अभी ओ भाई ओ भाई लगता नहीं यार ओए, ओए, ओए, ओए, भाई बॉडी शॉट से ही किल मिलेगा ये मुझे पता चल गया ये बॉडी शोट से ही मिलेगा भाई इतने भी हम प्रो नहीं जे हम मतलब हमको बैक टू बैक हम हेडसेट मार सकते हैं भाई लेकिन मारेंगे जरूर एक ही बॉडी शर्ट मारेंगे या दो मारेंगे उससे ज्यादा हम लोग बॉडी शर्ट नहीं किल उठाएंगे सीधे हेड शॉर्ट में ही उठाएंगे भाई एक बात नो बस क्योंकि पास तेरी की दर अरे भाई सर <laughs> पंत का भी एक हद होता है मटरी कोट मरी तुम अरे बापू मतरी कोट मरी तुम इसकी उमरिया में पड़ गया तुम बरे बपू मतरी कोट मरे तुम बे बॉडी चोट में किल मिला भाई साहब बुरा नहीं मानने का हम लोग छोड़ी बोल रहे हैं भाई बुरा नहीं मानने का हम इस राउंड में हम फारेंगे जरूर फारेंगे यदि नहीं पा रहे तो हमारा नाम बिट्टू नहीं और आपका चैनल का नाम बी गेमर नहीं सी मतलब कोरोना पॉजिटिव ठीक है भाई मैंने लीड किया है मैंने कोरोना पॉजिटिव ओके तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें भाई और लाइक लाइक जल्दी से जल्दी लाइक करें क्योंकि वीडियो बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है के बिना बात नहीं करने वाले हैं हम समझे समझे बस हाँ समझ गया समझ गया लोग, लो, ओए, ओए, है, बॉडी नहीं, चल, चल। दूर मतलब थोड़े निकलते ही घर में ही चलते ही घर में हम घुस के मारेंगे हेड, तेरी, साला. काला काला बॉडी शॉट मारता है शॉट मारने का हम लोगों को को बॉडी नहीं नहीं भाई भाई ये ये गेम हमारा चार ये गेम हमारा कौन निकालेगा पता नहीं। भाई वीडियो को लास्ट तक देखें और बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दें क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली का एक हिस्सा हो जाएंगे क्योंकि ये सुनने में बहुत मजेदार लगते है भाई तो जल्दी से शा, जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं हम मोनेटाइजेशन ऑन करें आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हम मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे उसके बाद तो ठकम ठक पलम हो जाएगा तो भाई साहब समझे ना समझे ना, ना।, ना।, ना। बस ओके ओ, ओ, ओ, ओ भाई साहब ने गरीना ने पावर दिया और को मिले शक्ति और हमने मारे हेड और उसकी अकल में आए ओके मैं मैं इतना भी प्रो आज ही समझ सकता हूँ बहुत इतनी खुशी, खुशी यार मुझे आज इतनी खुशी सच में भाई मुझे रोना रहा मैं करूँ तो करूँ क्या जाऊँ तो जाऊ का छुपू तो छुपू कहा भाई हैडचॉ के बिना बात नहीं करने वाले हैं हम तो हेड मशीन क्या हो सकता है हमारा डेजर टेकल भाई साहब की दुकान ओ निकल बाहर ओ भाई साहब निकल बाहर निकल हेलो निकल बाहर ओ निक निक निक निकल जा बाहर निकल जा बाहर ओ oh, भाई साहब सच में हम तो लेजेंड्लेयर नहीं है भाई नहीं है, हम तो नुबड़े हैं भाई ये कैसे लग रहा है टुक्के में लग रहा है भाई हमको पता है टुक्के में ही लग रहा है सीधे बोल बोलो टुक्के में और भाई साहब प्लीज इसी टुक्के के चलते आप भी लाइक कर दो यार लाइक नहीं करोगे हमको अच्छा नहीं लगेगा भाई हमको दिल से बुरा लगेगा भाई इसीलिए भाई लाइक कर दे जल्दी से जल्दी क्या करते हैं हैं हैं हम, चलते आगे की तरफ और मारते को गेम प्ले आ आ गया, आ गया, ओ भाई, नहीं लगा आजा, आजा, आजा, आजा, ओ नहीं लगा, एक लगा एक लेता हूँ पहले डर के आगे जीते तो भाई साहब 67 का गिरा है वो तो नहीं ओ तो भाई साहब थोड़े दूर में जाते हैं तभी हेड लगेंगे ओह हो हो हो। हो का मशीन गन ले के तले हेड लेके चले ओ oh, भाई साहब नहीं नहीं नहीं हेड चोर मारना है उनको निकल निकल बाहर हम दिखाते हैं। ओ oh, भाई साहब नहीं लगा नहीं लगा नहीं लगा ओ oh, भाई नहीं लगा ओ ओह भाई बाई उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी उड़ी ओह बागी डोड़ा लगला बेली नहीं मैं होने वाला हूँ तो आप लोग लाइक करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, और अभी तक तो जिस किसी ने वीडियो देख रखा है प्लीज़ लाइक करें यार क्योंकि आप लोगों को लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो बाय बाय टाटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में